यदि आपका भी जन्म किसी भी माह की तीन तारीख 12 तारीख 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है तो जान जाइए कि आपका मूलांक 3 है अंक ज्योतिष 2020 के अनुसार मूलांक 3 वाले लोगों के लिए साल 2020 कैसा रहेगा तो दर्शकों ये साल जो रहेगा आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए इस साल आपको अपनी चुनौतियों का डट कर सामना करना पड़ेगा तभी जीवन में आपको यथेष्ट फल की प्राप्ति बनती हुई दिखाई पड़ रही है आपको विशेष तौर पर अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने दांपत्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि यही दो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आपको सबसे अधिक परेशानियां मिल सकती हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र पर पूरा फोकस बनाए रखना है आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर बना करके रखने होंगे इस साल दिख रहा है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज़ होकर के आपके खिलाफ़ कोई ठोस कदम सख्त कदम उठा सकते हैं देखिए आप लोग मेहनत बहुत करते हैं और कभी किसी के आगे, आगे आप लोगों ने झुकना सीखा नहीं है तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इसके साथ साथ आपको पहचानना रहेगा कि आपके कार्यस्थल पर कौन से लोग आपके शत्रु हैं क्योंकि तो जो आपके सामने मीठा बोलते हैं वही आपके पीठ पीछे आपके उच्चाधिकारियों से बुराई भी करते हैं तो कार्यस्थल पर भी आपको किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता पिता का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण इस साल बन सकता है और इसके अतिरिक्त परिवार की अशांति भी आपको चिंतित करेगी लेकिन यदि आप पेशेंस से काम लेंगे धैर्य से काम लेंगे तो स्थितियाँ धीरे धीरे सुधरने लगेंगी इस वर्ष आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा जिनका भी मूलांक तीन है उनके पढ़ाई में कुछ अवरोध आता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मूलांक तीन वालों पर जुपिटर का प्रभुत्व होता है आधिपत्य होता है तो कोशिश कीजिए प्रयास करिए कि आप लोग पढ़िए क्योंकि आपके अंदर वो ललक है प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि हम बात करें और जो परीक्षार्थी तैयारी में लगे हुए हैं उनको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने की यहाँ सितारे और सलाह दे रहे हैं आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है इस साल उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का ख्वाब आपका चकनाचूर हो सकता है इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी लेकिन आमदनी कुछ थोड़ी बहुत ही ठीक ठाक रहेगी आपका बजट असंतुलित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके घर परिवार में कोई विवाह हो सकता है कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या आप कोई लोन इत्यादि ले सकते हैं उसमें आपके पैसे अधिक खर्च होते हुए दिखाई पड़ेंगे प्रेम संबंधों में इस वर्ष आपको थोड़ा सा संभलकर चलना होगा क्योंकि आपका प्रेम संबंध जो है इस वर्ष हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए आपका प्रेम आप पर अपना विश्वास खो सकता है इसलिए आपको लव लाइफ के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी पड़ी जो है ना बरतें तो ठीक रहेगा अपने साथी के प्रति जिम्मेदार ईमानदार रहे तो बेहतर रहेगा आपका दांपत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा दांपत्य जीवन में आए दिन गृह क्लेश होता रहेगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग आपको चाहिए ही चाहिए तो कोशिश कीजिए कि जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से जो है आप लड़ाई झगड़ा इत्यादि मत करिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप कुआ खोदेंगे तो पानी अवश्य निकलेगा इसलिए हमारी आपको सलाह है कि सतत प्रयास करिए सतत मेहनत करिए एक बार की बात है दर्शकों एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाए दे रहे हैं कि हमने जीत आपकी किताब है शिवखेड़ा जी की उसमें हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति था तो उसको पता चला कि इस जगह पर गोल्ड जो है इकट्ठा है धरती के नीचे और यदि हम यहाँ की खुदाई करते हैं तो यहाँ पर हमको अपार सोने का भंडार मिल सकता है वो बंदा गया जेसीबी वगैरह लेकर के आया मिस्त्री मजदूर लगवाए और उसने खुदाई करनी शुरू की एक हफ्ता हो गया खुदाई करते करते कुछ नहीं मिला उसके बाद 10 दिन हो गए फिर 15 दिन हो गए अब उस व्यक्ति का मन बड़ा जो है व्यथित हुआ कि अरे ये क्या हो गया फिर 15 दिन के बाद उसने 20 दिन तक खुदाई की लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला लेकिन दर्शकों उसके साथ उसका दोस्त भी था तो जब बीस दिन तक कि उसको कुछ नहीं मिला तो वो निराश हो गया निराश होने के बाद होता क्या है कि वो सब मशीन वगैरह जो है बेचना चाहता है कि भाई कुछ मिला तो है नहीं और जो भी हमने खर्चा किया हुआ है कुछ लागत निकाल लेते हैं अब तो हम नुकसान में चले ही गए तो मशीन वगैरह बेच देता है वो उसका दोस्त ही ख़रीद लेता है मशीन और उसका दोस्त जब मशीन खरीदता है तो जिस स्थल पर वो खुदाई कर रहा होता है उसका बहुत अच्छे से वो परीक्षण करता है और आप यकीन नहीं मानेंगे दर्शकों जिस स्थान पर खुदाई चल रही थी उसी स्थान पर उसी की मशीन से वो खुदाई करता है और 21वें दिन वहाँ पर सोने का अपार भंडार निकल कर के, के आता है इसमें आप क्या कहेंगे किसकी गलती देंगे गलती दर्शकों दोनों की नहीं है देखिए पहले ने भी मेहनत की और दूसरे ने भी मेहनत की दूसरे का लक बहुत अच्छा था तो कोशिश कीजिए भाग्य आपके साथ रहेगा कुछ हम प्रयोग बता रहे हैं इन प्रयोग को अपने जो है जीवन में उतारिए और आप यदि इन प्रयोगों को करते हैं तो यकीन मानिए कि ये जो बाधाएं आएंगी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं देखिए सबसे पहला आपको प्रयोग क्या करना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि बुधवार को और शनिवार वाले दिन आपको मछलियों को चारा डालना रहेगा और ये चारा किस चीज़ का आप डालेंगे ये गेहूं के आटे की गोली का मट्टा मंडालिएगा चावल के आटे की गोली का चारा आप खिलाइए मछलियों को बुधवार को शनिवार को हफ्ते में भी कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो माह में एक बार भी कर सकते हैं दूसरा दफ् को करना ये रहेगा आपको जीवन जीवनदान देना रहेगा मछलियों को जी हाँ जिंदा मछलियाँ आप खरीदिए मतलब कसाई के यहाँ से आपको मछली खरीद करके और नहर में अथवा नदी में इसको छोड़ना है अब ऐसी जगह से मत करिएगा कि किसी तालाब के पास कोई मछली मार रहा हो और आप लोग उससे जिंदा मछली लीजिए उसी तालाब में डालिए मतलब ये है हमारे कहना कि, कि वो मछली कुछ दिन तक तो जो है जीवित ही रहें तो ये प्रयोग बहुत अच्छा है इसको आप कर सकते हैं इस प्रयोग को आपको करना रहेगा शनिवार वाले दिन और कितना लेना है अपने वजन का दस ले सकते हैं महीने में एक दिन कर सकते हैं साल में दो बार कर सकते हैं आपको ये उपाय बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा तीसरा दर्शकों करना क्या रहेगा बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा तीसरा आपको प्रयोग बताएंगे संडे वाले दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना रहेगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो कम से कम आपको नमक खाना ही नहीं है नित्य सूर्य को अर्घ दीजिए जल में लाल रोली डाल करके तांबे के लोटे में और आदित्य हृदय स्रोत का एक बार पाठ करिए भ्रामरी प्राणायाम प्रतिदिन चार से पाँच बार करिए क्योंकि ये जो वर्ष रहेगा टोटल इस पर प्रभाव राहु का रहेगा तो भ्रामरी प्राणायाम यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए दर्शकों काफ़ी कुछ आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस पता है तो कोशिश कीजिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लीजिए लेकिन दर्शकों यद नहीं पता है और जो उपाय हमने बताए हुए हैं इन उपायों से भी आप लाभ ले सकते हैं कैसा लगा हमारा यह प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए दीजिए इजाज़त मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार